नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका घोषाल मक्खी चैनल पर तो कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो हम लोग लैंड कर चुके हैं थर्डिल में थर्ड्रिल में लैंड करने के बाद हम थोड़ी सी लूट करते हैं एक दो गन और यूजराइ से एक बंदे को हम मार देते हैं और फिर हमारे साथ में जो खेल हैं हमारे टीम मेट आकाश तो इस तरह देखिए दूसरे घर से यदि जंप लगाना हो तो आप इस तरह से आ सकते हो तो हेल्थ किट वगैरह मेडिकल ज़रूरी है अपने पास होना ये सब लूट प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो है थर्डरी में अधिकतर मारपीट होती है ये बंदा है यहाँ पर रियल प्लेयर है बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है मैंने उनको लेकिन इसको मेरे टीममेट ने मार दिया है यानी कि आकाश ने किल चुरा लिया मेरा ये और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए क्योंकि इस पर जो भी गेम दिखाया जाता है या खेला जाता है बिल्कुल 100% परसेंट शुद्ध होता है इसमें किसी प्रकार की हाइकिंग नहीं लगाई गई है इसमें जो खेलने की जो स्किल्स है उसको दिखाया गया है इसमें किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए तो हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिल रहा है वो भरतपुर के हैं सौरभ गौड नाम से आई है केलर आकाश हैं और केयर काव्या है ये सब लोग मेरे टीममेट बनकर साथ में खेलते हैं और बहुत ही सपोर्ट भी करते हैं हमारे चैनल का तो यहाँ पर एक बंदा है बंदा ने मेरे टीममेट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया था जिसकी वजह से वो मुझसे हेल्थ मांग रहे थे मैंने उनको हेल्थ किट दे दिया है अब जो है एक बंदा सामने वाले घर में है जो मुझे बार बार डैमेज दे रहा है और देखिए वो खतरनाक रियल पे है ना उसने मेरे टीममेट आकाश को लेटा दिया है हमको उसको रिवाइव करना होगा मैं जब तक के रिवाइव कर रहा हूँ कर देता हूँ तब तक हमें ये बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा शुद्ध गेम प्ले देखने को आपको मिलेगा बाकी अदर जो चैनल हैं वो हाइक लगा कर के बिना एनिमी दिखाए ही गोली मार देते हैं और इस तरह से वो अपने को प्रो प्लेयर देते हैं लेकिन इस चैनल पर बिल्कुल प्रो प्लेयर वाला गेम दिखाया जाता है जिसमें किसी प्रकार की हाइकिंग नहीं है तो ये बंदा एक यू एस के लिए हुए है एस की आप लोगों को पता है सबसे खतरनाक गन मानी जाती है इस समय पबजी लाइट में उससे बचना कठिन होता है वो बहुत परेशान कर रहा है बार बार डैमेज कर रहा है तो मैं उस पर बमबाजी करता हूँ लेकिन बमबाजी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो कहीं पर कैंपिंग किए हुए बैठा है हमको उसका लोकेशन नहीं आ रहा है कोई और ये देखिए यहीं पर कैंपिंग किए हुए बैठा था और आखिरकार उसने हमारे टीममेट को फिर से नॉक कर दिया है देखिए कितनी खतरनाक गन मानी जाती है ये स्टोल्व के लेकिन आखिरकार मैंने उसको गिरा दिया उसके खतरनाक उससे भी खतरनाक गन मेरे पास थी यूज़राई। यूज़राई की यही खासियत है यदि आप क्लोज रेंज में हो गए और एम बैठ गया ना तो फिर चाहे जो गन हो चाहे जो गन हो आप उसको एनमी को मार दोगे यही हुआ मेरे पास यूज थी इसलिए ये स्वेल्व के वाले को मैंने मार दिया तो ये स्टोल्व से बचना है तो आपको ईड आएगी या फिर एक जगह खड़े होकर गोली ना चलाओ एक जगह खड़े होकर गोली चलाओगे तो आपको ये के वाला जरूर मार देगा थोड़ा थोड़ा क्राउच करते रहो इधर उधर तो ये स्वय्व के वाले को आप मार सकते हो यह ड्राफ टूटने के लिए मैं आ गया हूँ ड्राफ में मिल गई है मुझको यस का बाप बंदूक मिल गया है मुझे आरपीजी जिसे कहते हो अब इस्टॉल के वाले से बिल्कुल डरना नहीं है चाहे यहाँ हो ये देखिए एक बंदा यहाँ पर है अब इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसके गाँव पर गोली पड़ने वाली है ये आ गया है यहाँ पर ये देखिए और क्योंकि स्टॉल के और बंदूक है मेरे पास तो कोई खतरा ही नहीं चाहे यहाँ जाओ, जाओ तुरंत मार सकते हो ये मैंने इसको नॉक कर दिया है इसका टीममेट पता नहीं कहां पर है तो उसको जरा खोज करते हैं नहीं मिलेगा तो इसको फिनिश करके आगे बढ़ते बर, हैं तो हमारे यहां लाइट चली गई थी आ आगे है हो सकता है कि नॉइज़ आ रहा हो पीछे आवाज़ के तो इसका टीममेट मिला नहीं ये आ गया उसका टीममेट चलो दोनों को फिनिश कर दिया जाता है यस ट्वेल्व के से और बंदूक जो अपनी है आर उसकी एम उठा ली जाती है। हैं बंदे बचते हैं केवल दो देखते हैं वो मार पाते हैं हम हम उन्हें मार पाते हैं देखो डैमेज बहुत जबरदस्त दे रहे हैं और दोनों की लोकेशन हमें पता हो गई है अब कोई ख़तरा नहीं क्योंकि मेरे पास बंदूक है बड़ी वाली अब दो ही बंदे हैं दोनों की लोकेशन पता है हम आराम से पहाड़ी के पीछे से उनको मार सकते हैं लेकिन इसी बीच जो है हमारे टीम के ऊपर फायरिंग होने लगती है मैं स्मोक कर देता हूं वहां पर लेकिन फिर भी वो लोग हमारे टीम में उसको तो देख लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं ज़बरदस्त तो मैं सोच रहा था, था थोड़ी आर की एमओ और उठा ली जाए इसी चक्कर में बया था वो एम मिल गई मुझे और एनिमी भी दिख गया है मैंने एक आर का गोला मार दिया है लेकिन क्योंकि एम नहीं सही था इसलिए बच गया दूसरे में भी एम नहीं सही था बच गया बंदा बहुत होशियार है फिर बच गया है तीन तीन एम खराब हुई और चौथा एम जल्दी में मैंने अपने ऊपर ही चला दिया डेमेज हो गया ही, बहुत सारी एमओ हमारी आप जाकरो नाक हुआ है पांच गोलियों में लेकिन हमारे बंदे को हमारे टीममेट को भी नाक कर देता है उसका टीम मेट तब तो देखना है कि कौन बचता है लास्ट में उसके ऊपर मैंने फायरिंग की अब बंदूक का काम नहीं चलेगा अब एस टोल्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस टोल्ब से तो एनमी ख़त्म हो गया इसी चिकन डिनर हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा